खाना खाया हो का का? खाना, खाया हो? खाना खाना खाना खाया खाया हो अभी खा देखा ना? भूख लगा है खाना खाना। खा लो लो। घर इधर घर किधर है काका घर गांव एक पैर नहीं है एक्सीडेंट हो गया था काका कैंसर का? कैंसर। कैंसर हो गया ओह। ठीक है काका हम लोग के लिए दुआ करना पैसा ठीक है काका अच्छा रहना ना काका हाँ हम लोग को ले दुआ करना ठीक है अच्छा रहो काका ठीक है काका हम लोग जा रहा हूँ खाना खा लेना हम लोग को लिए दुआ करना ठीक है काका अच्छा रहो अच्छा रहो काका खाना दिए तो खाना खाना खुश है काका दुणाए पुछता। दुणाए पुछता। आपका फैमिली वाला किधर है काका में है खेत में लड़का लड़की है दो लड़के दो लड़की तो है वाला वाला। बड़ा वाला का शादी हो गया छोटा वाला है अच्छा ठीक है लड़का नहीं है समय लड़का ना को लगाना तो। वाला तो। वाला तो। वाला तो। भाग जाता तो लड़का लोग भाग जा कोई भी नहीं देता तो कोई भी खाना नहीं देता घर घर पे गर गर पे खाना नहीं देता घर पे जमाना इस ज़माने में पकड़ के तो नहीं ना ना जमाना पकड़े तो लड़का लोग खाना नहीं देता शायद होता है लड़का भाग जाता लड़की अच्छा है तुम्हारे तुम्हारे को ना ना पूछेगा, पूछेगा। भाग जाता। लड़की अच्छा है ठीक है काका ठीक है काका ठीक। ठीक है काका। खाना खा लेना है हाँ। खाना दे रहा